नमस्कार मैं रामजीवन सांडेलिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल नेट ऑफ़ विल फिलहाल बिहार में जो ये महागठबंधन का जो खलबली मचा हुआ है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है पूरे देश तो बिहार की राजनीति का जो स्थिति है इन सब से आप कई सारे वीडियो देखकर वाकिफ़ हो गए होंगे लेकिन हमारी हमारा जो मुद्दा है वो अब इन सब का मुद्दा नहीं है कि किस पार्टी में गए कहाँ क्या हुई नहीं हुई वो से हमें आपको लेना देना नहीं है अब हम बस यही माननीय मुख्यमंत्री जी से बस इतना कहना चाहूँगा कि इस नए महागठबंधन में जिस पार्टी में शामिल हुई है नीतीश कुमार जी तो बस हम अपेक्षा करेंगे कि बिहार को आप तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे और यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था और वव, क्या बोलते स्वास्थ्य व्यवस्था और अन्य जितने भी व्यवस्था है मजदूर जो यहाँ से पलायन हो रहे हैं दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो इन तमाम जितने भी और छोटे बड़े मुद्दे हैं इन सबको आप सुधार करेंगे और बिहार को एक नई राह पर ले जाएंगे ये हम अपेक्षा करते हैं इस नए गठबंधन से और विशेष में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा और तमाम जितने भी बिहार के जनतागण हैं वो आपसे यही उम्मीद करेंगे कि एक नई सरकार बन बनने के बाद बिहार को एक नई तरक्की मिले और जितने भी यहाँ के मजदूर दूसरे राज्य में जाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं वो यहीं पर उन्हें रोज़गार मिले और छात्रों को या जितने भी यहाँ पर बेरोजगार है उन्हें एक अच्छा रोज़गार मिले उन्हें कहीं अन्य जगह जाने की ज़रूरत न पड़े तो मेरा ये इस वीडियो के माध्यम से निवेदन रहेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम मेरे दर्शकों को मेरे चैनल के दर्शकों को मेरा पुनः नमस्कार आभार आप लोग जुड़े रहें और हम बहुत जल्द एक अच्छा कंटेंट लाएंगे तब तक हमारे साथ जुड़े रहें बने रहें और हमारा चैनल नेट ऑफ मिल ज़रूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद